बारिश स्टार्ट हो गया चलिए रूम जाएंगे वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मैं इधर बैंगलोर में रहता हूँ चार साल हो गया है इधर मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ लाइक यू नो इधर ऑल ओवर इंडिया का लोग मिल जाता है आप लोग अगर आ, इंडिया का दिल्ली हो या हरियाणा पंजाब या केरला कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात एंड महाराष्ट्र सभी स्टेट का लोग इधर मिल जाता है आप लोगों को देखने के लिए लाइक इधर सभी लोग काम करने के लिए आए हैं पैसा कमाने के लिए आए हैं इधर तो ऑल ओवर इंडिया का लोग सभी स्टेट का लोग इधर मिल जाता है चलिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया दिखा देंगे अगर आप लोग भी बेंगलोर आके काम करना चाहते हो तो चलिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आज संडे है आज क्रिकेट खेल रहा है लाइक यू नो अभी बारिश का मौसम है बारिश आने वाला है चलिए हम रूम जाएंगे उधर से आपको सभी दिखाएंगे हमारा रूम से सब दिखता है उधर इंडस्ट्रियल एरिया और कंपनी सभी दिखता है लाइक चलिए हम लोग को दिखाएंगे क्रिकेट खेल के जा रहा है उधर भी सभी जो सभी लोग उधर दिख रहे हैं ना उधर सभी जा रहा है ये लोग बहुत लोग हैं कहाँ से आए हुए हैं किसी को मालूम नहीं है ये सिर्फ कंपनी में काम करने के लिए आए हैं ट्रेन तो चला गया उधर देखा ट्रेन तो चले गया है चलिए हम इंडस्ट्रियल एरिया कंपनीज दिखाएंगे। अगर आप लोग भी बैंगलोर आना चाहते हो काम करना चाहते हो इधर तो लाखों कंपनी से है तो एक ना तो एक ज़रूर कंपनी में एक काम तो मिल ही जाएगा अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चलिए दिखाएंगे और हमारा रूम में इधर सभी लोग किराए का घर में रहता है इधर सभी दिख रहा है चलिए इधर आगे का रास्ता है उधर उधर रास्ता है उधर सभी दिखाएंगे चलिए बारिश स्टार्ट हो गया है इसलिए रूम जाएंगे रूम जाके दिखाएंगे बारिश स्टार्ट हो गया है इसलिए बगे सब लोग जा रहे हैं देखो ये सभी इंडस्ट्रियल एरिया चलिए जाएंगे हमारे रूम जाके दिखाएंगे चलिए हम तो रूम आ गए इधर से सभी दिखता है और सभी इंडस्ट्रियल एरिया दिखता है चलिए दिखाएंगे हम देखो किराए के घर में रहते हैं चलिए एक कंपनी दिखाता हूँ इधर दिख रहा है ना इधर ये ये भी एक कंपनी इधर दिख रहा है ये कंपनी देखो एक गारमेंट्स है लाइक एक सभी इंडस्ट्रियल एरिया इधर दिख रहा ना सब इंडस्ट्रियल एरिया लाखों है बेंगलोर में अगर कोई भी बैंगलोर आके काम करना चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हम एक सिनेमेटिक इंडस्ट्रियल एरिया दिखाएंगे चलिए